हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा को नहीं जाना है बचपन का प्यार कोई नहीं जाना है थोड़े मेरी डॉ थोड़े मेरी डने मन थोड़ी मेरी डाडिंग थोड़ा मेरी डने मन बचपन का प्यार मेरा को नहीं जाना है बचपन मेरा को नहीं जाना है तो नहीं जाना है डीजे मन बचपन का प्यार मारा को बचपन का बचपन का बचपन का प्यार मारको नहीं जाना है टेढ़े टाणे बचपन का प्यार मेरा को नहीं जाना है बचपन का बचपन का बचपन का प्यार मरा को नहीं जाना है तेन का प्याड़ मोड़ा कौन है जाना है जाने मेने जाने का प्याड़ मेरा कुने ही जाना है कौन ही कौन ही जाना है